नोकिया जोन वो सबसे बड़ी बात तो जा है कि सबरे भूत लच फोन बोडा फोन नोकिया जोन नेहा का करोन नेहा चल रहे इंटरनेट धना धन दन। चल रहे इंटरनेट से में जियो की डरवाई के रे मारूति नई आये सिमरी की बारात में देखो देख आप जैसे ही बारात पहुंच गई तो सब जाने रहुआ गोहन लगे चलो भोजन हो जाए के भोजन को कोआरुआ भोजन को आ गो टेर हुआ दौड़े पड़े सब हुआ सुनखे दौड़े पड़े सब हूआ आगे सुख के चनी चर पुआ आगे सुख के चनी सुख सुक्ष, आप हुए सुख शनि के, के भूजन गोआ सुन सुनके दौड़े पड़े सब हुआ आंगे सुख के सनी आंगे सुख के चर पौआ लेकिन जब भी भोजन के बेटे सोने सुई कसन नहीं लगाई सोमन खीर बूंदी देखें सोमन खीरे बूंदी सो सो सीमन डेढ़ मिनट में खाई खीरे मिनट में खाई मारुति सुखे आप कछु तो ऐसे हथे बराती चल रही हम जो निके नैया पेट कछु ऐसे को मोह ना तो कछे तो आधे सामान ना नाते जो भूत खे नैया पेट उनको सबसे हाई रेट जोन भूत के नैया पेट ऊ को सबसे हाई रेट खा गो पचपन सोलो चेट पेट गो सबसे बड़ी बात सुझा है साढ़े छे सप खीरे चढ़ा गा साढ़े खीरे चढ़ा छोप तो यदि एक साढ़े छे खीरे चढ़ा गो तुम डकार मारूती और केवल बात देखिए मिनट में अंत बातें पूरे ब्याह भोजन पानी से लेके तीन मिनट में सवाई हो गई देखे आप तीन मिनट में कर दो खेल हो गई सबई बेबस्ता फेल में, में कर दोस्ता और अबे जउनी अफरे तो देखे उठा उठा दोना पातर उठा उठाखें दोना न पातर नोन की संगठा उठाखे दो न पातर नोन के संगे खाई सु मारोती नहीं आए सिद्धी की बारात में सज गए भूत लगा के के रही मारूती नहीं शिव की बारात में सज गए शिव की बारात में सज गए भूत लगा फेटाई के रे मारोती नहीं आई शिवजी की बारात में सज गए भूत लगा फेट आई कह रहे मारोती नहीं आई शिव की बारात में सज गए भूत लगा फेटाई के मारोती